क्या सोच रहे हो हमें एटीट्यूड दिखाओगे तो हमें फील बैड होगा ना मेरी जान सिर्फ ब्लॉक लिस्ट में एक और नाम ऐड होगा